माता का मंदिर में पोसबड़ा जा और ठेखा बापोचा तो था पोस बड़ा खा क्या को आनंद आयो और सब्जी कैंड की लागी थान पोल सब्जी तो शानदार जी लेकिन पोस बड़ा वाला तो मत कम चा तो मैं सिर्फ सब्जी और पूरी खाया और बड़े से उठ गो